My God! When I. Boy, ask... this <laughs> <laughs> is done. Boy, boy, boy, boy. अबा पे ट्राई करना ऐसे क्या फोन करता है भाई भाई भाई भाई अपने अब्बा पे ट्राई करना भाई ऐसे क्या फोन करता है भाई भाई भाई भाई अच्छा इस कैंपर को तो मैं बाहर से ही मारूंगी अंदर जाऊंगी नहीं इस बार चिल्ल भी, भी है प्यार भी है ब, भाई अब्बा पे ट्राई करना